Funny. चलेगी क्या क्लास है खाली भरेगी क्या साथ से क्या क्या क्या साथ से अंदर की फीलिंग से लड़ेगी क्या? है हाँ तो भी, हाँ भी नौ एक पे घोड़े चढ़ेगी क्या गाड़ी निकले पड़ी? नहीं, मेरे लिख ले कही चल निकले कही आ?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 पानी पाने हो गए